गार्मेंट्स में बहुत पैसा है प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है क्रिप्टो में बहुत पैसा है ऑनलाइन करने में बहुत पैसा है यूट्यूबर बनने में बहुत पैसा है और कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि दो नंबर के काम में बहुत पैसा है नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मैं आपको बता दू इन सब में से किसी काम में पैसा नहीं है और जो भी तुम कर लो नहीं कमा पाओगे पैसा अगर तुम्हारी सोच ऐसी है कि सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर काम में पैसा है तो तुम किसी काम में कामयाब नहीं हो पाओगे तो पैसा किन कामों में है जो काम तुम्हारे दिल के करीब हो जो काम तुम्हारी फीलिंग से जुड़ा हो जिस काम से तुम्हे प्यार हो और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हो पैसे से तुम्हें सिर्फ कामयाबी से फर्क पड़ता हो तुम उस काम को हर रोज बेहतर कर पाओ और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट जोड़नी बहुत ज़रूरी है होनी चाहिए जो तुम कर रहे हो उसका रिवर्ट जरूर आना चाहिए जल्दी ना सही देर से ही सही पैसे के रूप में उसका रिवर्ट आना चाहिए लेकिन ये चीज़ सेकेंडरी होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी कामयाबी होनी चाहिए तो क्या है तुम में जिस काम से प्यार करते हो और दिल से कर सकते हो और जिसमें कामयाबी के बाद पैसा भी आ जाए कि क्या है मेरे पास ऐसा कुछ लोगों के पास शायद कुछ भी ना हो लेकिन ढूंढना पड़ेगा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे ढूंढोगे अगर तुम्हारी एज अट्ठारह से प्लस है तो इसका मतलब दुनिया में आए हुए तुम्हें अट्ठारह साल गुजर चुके हैं अट्ठारह साल से तुम दुनिया को जी रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें किसी चीज में आज तक इंटरेस्ट ना रहा हो जाने अनजाने में तुमने जरूर किसी ने किसी चीज में इंटरेस्ट रखा होगा तो तुम्हें वो ढूंढना पड़ेगा हर एक एक्टिविटी एक से खुद को रिलेट करना पड़ेगा तुम्हें और उसके अंदर काम प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा जैसे कुछ चीजें मैं आपको गिनता हूँ जैसे स्पोर्ट बिजनेस कोई एक्टिविटी कोई स्किल जो तुमने आज तक सबसे ज्यादा किया हो उसको काम से रिलेट करो प्रोफेशन बना डालो उसको वो क्यों क्योंकि तुमने आज तक जो भी ज्यादा किया है इसका मतलब तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो और वो तुमने ज्यादा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें वो पसंद है अब कहोगे कि हर चीज से पैसा नहीं कमाया जा सकता हाँ सही बात है हर चीज से पैसा नहीं कमाया जा सकता अगर तुम उस चीज को जमाने के सामने बिल्कुल अलग तरीके ऐसी पेश कर रहे हो तो कमाया जा सकता है और मैं तुम्हें बता दू तुम अगर कुछ ऐसा ला रहे हो जिस चीज की जमाने को जरूरत है तुम जमाने को आलसी बना रहे हो उनको सहूलियतें दे रहे हो और तुम जमाने की सेंसिटिव पॉइंट्स को टच कर रहे हो जिस चीज से लोगों को लगाव होता है बहुत प्यार करते हैं जिन चीजों से और तुम उस चीज की केयर कर रहे हो तुम्हें कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रख आपको एग्जाम्पल देता हूँ एलोन मस्क क्यूँ दुनिया का सबसे अमीर आदमी है क्यूँ दुनिया पे राज कर रहा है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से पैसे ऐसी उसने ये नहीं देखा कि किस काम में पैसा है किस काम में ज्यादा पैसा है उसने ये देखा जमाने को किस चीज़ की ज़रूरत है क्या जमाने की डिमांड है और ज़माना आने वाले टाइम में किस चीज़ के पीछे भागेगा क्या सहूलियतें ज़माने को देनी चाहिए उसने दी वही कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है इलेक्ट्रिक कार तो आने वाले वक्त में उससे बेस्ट और अभी तक भी उससे बेस्ट इलेक्ट्रिक कार कोई नहीं बना बना रहा क्योंकि वो सबसे शुरू से वो उसके अंदर लगा हुआ है क्योंकि वो उस चीज़ से प्यार करता है वो अपने काम से प्यार करता है अपने काम को दिल से करता है वो पैसे के लिए नहीं अपनी कामयाबी के लिए काम करता है और वो लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहा है वो लोगों को कंफर्ट दे रहा है वो वो कार दे रहा है जो जो कंपनियां पेट्रोल कार बनाने वाली जो कम्फर्ट नहीं दे पाती वो कम्फ़र्ट वो इस इलेक्ट्रिक में दे रहा है वो स्पीड दे रहा है और बहुत कुछ और सिर्फ एक यही नहीं उसके पास जाने क्या क्या तुम सब लोग जानते हो ऐसे ही जैफ वो भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं उन्होंने भी क्या किया जमाने को सहूलियतें दी जमाने को आलसी बनाया जमाने की गोद में सामान हाजिर कर दिया लोग ऑर्डर कर रहे हैं फोन से और उनके पास आइटम आ रहा है दो तीन तीन दिन के अंदर बिना कहीं गए उनका मन और उसके अंदर फैसिलिटीज कैसे काम ही जमाने की जरूरतें पूरी कर रहे हो कैसे दुनिया के अमीर लोग नहीं होंगे ज़माने की वो ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं कि जो जरूरत पूरे ज़माने को को दुनिया है तो भाई के अमीर में से पैसा ना तुम्हारे पीछे दोसे मुझे याद आया फिल्म का डायलॉग भाई तुम पैसे के पीछे भाग लड़कियाँ तेरे पीछे भागेंगी तो सेम सि कि कितना कामयाबी के पीछे भाग पैसा तेरे पीछे भागेगा और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा प्लान होना चाहिए आइडिया होना चाहिए तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स होनी चाहिए बहुत बड़ा कामयाब आदमी बनने के लिए नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए जब तुम अच्छे इरादों से और अपने अंदर जुनून लेकर निकलोगे ना हर चीज़ का इंतज़ाम हो जाएगा हो जाएगा जब तुम कभी निकलोगे नहीं ना तो कुछ होना ही नहीं है सिंपल है तुम जब निकलोगे तो शायद तुम चोट खाओ और बढ़ो अगर तुम वापस आ गए तो फिर नहीं नहीं होना कुछ भी तुम्हारी इस चाहत सच्ची होनी चाहिए अगर बस तुम फालतू में ही कुछ करने निकले हो तुम वापस लौट जाओगे सौ एक्सक्यूजेस बताकर सो एक्सक्यूजे लेके सो परेशानियाँ लेकर तुम वापस लौट जाओगे और क्यूँ है हर चीज के अंदर पैसा मैं आपको बताता हूँ कैसे है हर चीज के अंदर पैसा आज के वक्त में लोग पेट, कुत्ते बिल्लियां पालकर पैसा कमा रहे हैं उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करके व्यूज लेके एड्स चला के पैसा कमा रहे हैं लोग बैठकर हंस रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं लोग बैठकर रिएक्शन दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं मेरे भाई लोग गेम खेलकर पैसा कमा रहे हैं लोग बॉडी बनाकर पैसा कमा रहे हैं लोग बॉडी बिल्डिंग्स के बारे में बता पैसा कमा रहे हैं लोग पैदल घूम पैसा कमा रहे हैं लोग दुनिया घूमकर पैसा कमा रहे हैं लोग बाइक पे घूमकर चलकर पैसा कमा रहे हैं लोग गंदी सड़के गंदे घर, वो भी फ्री में साफ करके वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं लोग पागल पंथी करके पैसा कमा रहे हैं तुम मिस्टर बीस्ट को ही देख लो तुम मिस्टर इंडियन हैकर को देख लो तुम्हारे देश का ही भाई बहुत कामयाब है लेकिन एक लंबे से सिर्फ एक ही काम कर रहा था क्यों क्योंकि वो उसे पसंद था वो उसे करना अच्छा लगता था वो नहीं गया उस जगह वो उस काम में नहीं गया जो काम लोगों को लगता है उस काम में पैसा है नहीं उसने उसी काम को पैसे वाला बना दिया तुम्हारे अंदर जुनून की ज़रूरत है ये नहीं कि तुम कोई ऐसा काम करो जिसके अंदर ज़्यादा पैसा नहीं होता भाई किसी काम में ज़्यादा पैसा नहीं होता पैसा होता है तुम्हारी सोच में तुम्हारे इरादों में तुम कैसे पैसा बना सकते हो तुम अपने काम से लोग घास काट कर पैसा कमा रहे हैं घास काट रहे हैं उसकी वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं पैसा कमा रहे हैं लोग चीज़ों को तोड़ कर पैसा कमा रहे हैं एक हथौड़ा लिया और रोज़ चीज़ों को तोड़ रखे उससे पैसा बना रहे हैं तुम्हारी सोच क्रिएटिविटी होनी चाहिए तुम्हारी सोच में पैसा होता है किसी काम में पैसा नहीं और ऐसे ही जाने में कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जो चीज़ें वजूद नहीं रखती लोग उससे पैसा कमा रहे हैं वो कैसे तुम्हारी सोच के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए तुम हर चीज़ के अंदर पैसा कमा सकते हो तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए और एक सबसे बड़ी चीज़ कि तुम्हारी ज़रूरत भी होना चाहिए पैसा तो तुम पैसा कमा रहे हो और कमा लोगे तुम हर चीज़ से पैसा कमा लो और मैंने ये भी देखा है लोग सौ रुपये दो सौ रुपये पचास चलते फिरते किसी को की मदद कर रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं और उससे पचास की जगह पचास बना रहे हैं और मैंने तो यहाँ तक देखा है और हद कर दी उन लोगों ने आजकल कुछ लोग नकली वीडियो बनाते हैं एफबी है, है वो वो जो, है, जो, है, जो किसी भी चीज पे यू यकीन कर लेती है कुछ लोगों की फीलिंग को टारगेट कर रहे है और पैसा कमा रहे है हाँ वो एक अच्छा मैसेज दे रहे है झूठ के दम पर ही सही सच की तरह पेश करते हुए हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है हर एक इंसान का अपना अलग अलग तरीके होते हैं पैसे कमाने के और इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो तुम जैसे दुनिया जमाना कमा रही है तो मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है लोगों को उन लोगों को जो पैसा नहीं कमा पा रहे है वो कुछ भी अच्छे से नहीं करते इसलिए वो अच्छे से पैसा नहीं कमाते वो लालचों में रहते हैं वो मैं यहाँ चला जाऊँ उसको इतना कमाते हुए देखा इतना पैसा कमाते हुए देखा तो वो अला काम कर लूँ ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ भाई इस्टेबल रहना पड़ेगा फोकस रहना पड़ेगा सब्र रखना पड़ेगा बहुत तगड़ा सबर कुछ भी कर लेना कितने भी सादा पैसे वाले काम में घुस जाना जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है नहीं कमा पाओ तुम्हें स्टेबल रहना पड़ेगा तुम्हें पेशेंस रखने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें और बिल्कुल एक अलग तरीके से तुम्हें अपना माइंड रखना पड़ेगा पैसा वही कमाता है जिसका माइंड अमीर होता है माइंड अगर गरीब है ना मैंने ऐसे भी लोग देखे बहुत अच्छा टैलेंट रखता है लेकिन माइंडसेट क्या है छोटी सोच नहीं कमा पाते बेचारे क्या सोच बदलने की जरूरत है ये मत सोचो कि इस काम में इतना पैसा इतना इस काम में इतना पैसा इस ये काम कर लेते हैं वो काम कर नहीं वही करो जो तुम्हें पसंद है जो तुम बेहतर कर सकते हो जो तुम बेहतर करते आए हो जिसके अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो तुम जो चीज़ तुम सबसे अच्छा कर सकते हो वही करो तो शुक्रिया मेरे दोस्तों फिर से मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे और आपकी जिंदगी बेहतर बनाता रहे जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर मेरी एक भी बात आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और अपना कोई भी सवाल पूछना हो या कोई भी आपको सलाह देनी हो तो कमेंट में मुझसे पूछ